एक बार एक बहुत बड़ा राजा एक साधु के छोटे से आश्रम में गया उसने साधु के बारे में बहुत सुना था तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग साधु की इतनी तारीफ क्यों करते हैं जब वह साधु के आश्रम में गया तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था और कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे साधु जी नीचे बैठे लोग के सामने बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था वह राजा उस आश्रम में आया और उस राजा के साथ में चार सैनिक भी थे और राजा की यह आदत थी कि वह जहां पर भी जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ हाथ जोड़ देखते थे और सर झुकाते थे लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ़ देखा तक नहीं तभी राजा को लगा कि यह उसकी बेज्ज़ती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया राजा ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर साधु ने उसकी तरफ़ देखा और बोला आप थोड़ी देर रुकिए पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं साधु का इतना कहने की ही देरी थी राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया अभी तक वह राजा बहुत तमीज़ से आप-आप कह करके बात कर रहा था लेकिन अब राजा तू तड़ाक पर उतर आया था राजा को जानकर आश्चर्य हुआ कि साधु अपने राजा को नहीं पहचान रहा था राजा ने उस साधु को कहा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और किससे बात कर रहा है साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दू तो आपको कुछ देर रुकना होगा राजा को इस बात से बुरा लगा कि साधु राजा को आम लोगों की तरह इंतजार करने के लिए कह रहा था और साधु की ये बात सुनकर राजा गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया राजा ने साधु को गुस्से में बोला कि अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा तूने मुझसे पंगा ले करके ठीक नहीं किया राजा ने साधु को गुस्से में बोला तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ साधु ने फिर से राजा की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं फिर राजा ने साधु से कहा कि तू कोई साधु नहीं है तू एक बहुत ही घटिया इंसान है तू एक ढोंगी है पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है तेरा बस एक ही मकसद है इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही यह देखकर राजा और भी तिलमिला गया और उसने कहा अब बहुत हो गया राजा ने कहा कि अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था और फिर साधु ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं और साधु के इतना कहते ही राजा का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया राजा को लगा कि साधु उसकी ताकत के आगे झुक गया था राजा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस राजा को कहते हैं और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया उसके पिताजी ध्यान में थे उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा करी और और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया राजा के पिताजी ने जब थोड़ी देर बाद आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी फिर राजा ने अपने पिताजी को बताया कि किस तरह आज वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा जब राजा के पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो यही बात वेदों में भी कही गई है यथा दृष्टि तथा सृष्टि यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो इसलिए दूसरों की खामियां निकालने से पहले खुद को बेहतर बनाए दुनिया को बदलना है तो पहले अपने आप को बदले यह दुनिया अपने आप बदल जाएगी अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ये दुनिया आपकी मदद करेगी आपकी बात करने का तरीका आपकी सोच आपका नजरिया है आपकी दुनिया बनाते हैं हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आपके सोचने के नजरिए में बदलाव आएगा बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ